खिड़की से झक के देखा तो रास्ते में कोई नहीं था खिड़की से झक के देखा तो रास्ते में कोई नहीं था और जब रास्ते में जाके देखा तो खिड़की पे कोई नहीं था <laughs> <laughs> <laughs>